वेलकम टू माई चैनल शेख साइंस वी आर एन वीडियो आज मैं आपको बताऊंगा कि YouTube पे जो आप वीडियो लगाते हैं उसका थम कैसे बना सकते हैं हम कैनवा में तो बहुत ईजी है कोई इतना मुश्किल काम नहीं आपको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं तो कैनवा की तरफ सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे ये जी कैनवा ओपन हो गया बगैर किसी प्रॉब्लम के हम जाएंगे जी यूट्यूब थंबनेल की तरफ ये ओपन हो रहा है तो ये साइड पे आप देख रहे होंगे कि ये पोस्टर्स आ रहे होंगे यूट्यूब थंबनेल के तो कोई भी एक क्लिक कर ले मैं ये क्लिक करता हूँ अब यहाँ पे हम अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे ये डिलीट होगी जी एलिमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है फिर अपलोड था यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके इमेजेज आ जाएंगे जी यहाँ से हम अपनी पिक्चर को ऐड करेंगे जी यहाँ जी हो जी पिक्चर ऐड होगी ये जी यहाँ से पिक्चर ऐड होगी तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया अगर आप चाहते हैं यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिखें तो यहाँ से इसको डिलीट करें और यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आ, आ रहा होगा तो ये करके यहां पे अपना आप यहां से आप से फ़ॉन्ट को बड़ा कर दे थोड़ा ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन आ रहे यहाँ से मैं इसको 42 टूटे कर देता हूँ तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं तो ये जी हम यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं अब इसको मेक को हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये इसका बैकग्राउंड कलर है तो इसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते यहाँ से मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि हमें नजर आए ये जी अब तो इसका फोन थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ये जी हम हम हम से करते हैं। तो से हम इसको डिलीट करते हैं पे हमारा तैयार हो गया जी YouTube का थमने तो ये यहाँ शेयर का ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो